अपने जीवन में वो सब कुछ नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूँ इस आलस ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है इसकी वजह से मैं अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ कृपया आप मुझे इस आलस से छुटकारा पाने का कोई तरीका बताएं यह सुन गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे अंदर आलस्य है उस आलसी व्यक्ति ने कहा बुद्ध केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार भी यही कहता है कि मैं एक आलसी व्यक्ति हूं बुद्ध ने कहा क्या तुम तो मुझे इसका प्रमाण दे सकते हो कि तुम एक आलसी व्यक्ति हो उस आलसी व्यक्ति ने कहा जी बुद्ध मैं दे सकता हूं। बुद्ध ने कहा फिर प्रमाण दो उस आलसी व्यक्ति ने कहा बुद्ध मैं ये तो जानता हूं कि सुबह उठना मेरे स्वास्थ्य और मेरे मन मेरे दोनों के लिए ही लाभकारी है लेकिन मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने ही नहीं देता बुद्ध ने कहा अच्छा परंतु क्या तुम्हें पता है कि आलस से होता क्या है उस आलसी व्यक्ति ने कहा बुद्ध मुझे ये तो नहीं मालूम कि आलस्य होता क्या है लेकिन यह जो कुछ भी है बहुत बुरा है बुद्ध ने कहा आलस्य एक मानसिक अवस्था है एक भाव है एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम इंसान खुद ही अपने अंदर पैदा करते हैं आलसी व्यक्ति ने कहा परंतु वो कैसे बुद्ध बुद्ध ने कहा पहले तो तुम ये समझो कि हमारे भीतर आलस्य दो कारणों से पैदा होता है पहला कारण है शारीरिक और दूसरा कारण है मानसिक शारीरिक आलस्य का पहला कारण है भोजन जब हम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जिसमें खुद कोई जीवन नहीं है तो यह भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर यह हमारे अंदर आलस्य पैदा करता है क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा के सहारे चलता है और फिर हम इसे जैसा भोजन देते हैं वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को भी प्राप्त होती है इसलिए अगर तुम आलस्य से, से बचना चाहते हो तो आसानी से पचने वाले और सीधे प्राकृतिक से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल कर दो शरीर के स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से लेटना गौतम बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए उस आलसी व्यक्ति से कहा अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें आश्रम के इन भिक्षुओं के चलने बैठने और लेटने की अवस्थाओं में एक विशेष प्रकार का संतुलन नजर आएगा जब ये चलते हैं तो इनके पैरों के बीच एक तालमेल होता है जब ये बैठते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है और गर्दन थोड़ी सी ऊपर होती है और जब ये लेटते हैं तो इनका शरीर एकदम शिथिल होता है इनके शरीर के किसी भी अंग पर कोई तनाव नहीं होता जिसके कारण ये एक गहरी और आरामदायक नींद ले पाते हैं उस आलसी व्यक्ति ने पूछा बुद्ध क्या पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही जरूरी है बुद्ध ने कहा ना कम ना ज्यादा हमेशा ही पर्याप्त मात्रा में सोना लाभकारी होता है अगर तुम आज रात पर्याप्त नींद नहीं लेते तो तुम्हारा कल का पूरा दिन थकान और आलस से भरा होगा इसलिए पर्याप्त नींद भी उतनी ही जरूरी है आलसी व्यक्ति ने कहा हाँ बुद्ध ये तो मैंने भी महसूस किया है बुद्ध ने कहा शरीर के स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना यह सुन सालसी व्यक्ति ने कहा हां बुद्ध मैं तो सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता हूं बुद्ध ने कहा तुम सुबह जल्दी तब उठ पाओगे जब तुम रात में जल्दी सोओगे बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा इन भिक्षुओं को देखो इन्होंने रात्रि में अपने सोने का एक निश्चित समय निर्धारित कर रखा है और यही कारण है कि यह रोज प्रातःकाल जल्दी उठने में सक्षम हो पाते हैं हर एक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है और यही अनुशासन इनके जीवन में संतुलन लाता है कुछ लोग अनुशासन को एक बंधन समझते हैं उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है लेकिन सच्चाई यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि स्वतंत्र करता है इसलिए अगर तुम शारीरिक स्तर पर आलस से छुटकारा पाना चाहते हो तो खुद को अनुशासन में ढालो एक निश्चित दिनचर्या का पालन करो उस आलसी व्यक्ति ने कहा लेकिन बुद्ध शुरुआत कहाँ से करें सही तरह का भोजन करने से सही तरह से बैठने लेटने और चलने से या फिर सुबह जल्दी उठने से बुद्ध ने कहा शुरुआत अभी से करो जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे पूरे ध्यान से करो पहले तुम मन के स्तर पर आलस्य को समझो लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी काम को टालने की आदत से परेशान हैं, या फिर आलस्य की वजह से आप लाइफ में वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं।